अरे हम गरीब आदमी तुम ठहरे नेतागढ़ के खास इज्जत से बात किया करो नहीं तो कभी टीवी पर सीधी खबर आएगी कि नहर किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश तुम आवाज दो निकल आ, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन नहीं करते लाल घंटी भी दबा दे बदल गया रोल बदल गया अब हीरो हम है और कहानी हमारी होगी मतलब नहीं है हमें किसी से और अगर छेड़ोगे तो याद रखना में नंबर वन पर हमारे गाँव की कहानी होगी तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? कलुआ <laughs>